अपना नाम बताओ व्हाट इज योर नेम इच क्लास डू यू रीड हाँ इन सेकेंड क्लास क्लास ओके तो गाइज ये है मेरी स्टूडेंट वैष्णवी हेलो बोल दो सबको हेलो बोलो बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वेलकम बैक टू तो माय चैनल और अभी कितने बज रहे हैं भाई साहब टाइम टाइम बज रहा है छ छः पंद्रह ठीक तो बस आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हुआ है क्योंकि सुबह से लिटरली बता रही हूँ सच्चाई बोलूँ तो मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का वीडियो रिकॉर्ड करने का कुछ ऐसा था नहीं और ये थे ये निमित और बाहर मौसम मौसम बहुत अच्छा हुआ है और अब ये ये ये चलता है है वो उसको वहीं पे सोना यहीं तुम सो ये ये ये इस इस लड़के को आप। इस लड़के को को देखिए देखिए आप आप कभी कभी भी भी मिनट मम्मी नहाता नहीं है और आज बारिश हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों जन्मों का नहाना आज ही पूरा कर लेगा देखिए गाइस इसका चेहरा देखिए कैसे ये बैठा हुआ है ओ जब रोज नहीं ना तो बारिश का क्या मतलब है निमेड? बताओ? नहीं कुछ बोलिए ऑनलाइन जो है तो तो तो क्या कोई बात नहीं एक और ऑर्डर कर लीजिए वो जानता है अच्छा तो आज ही कैंसिल तो आज तो लेने नहीं आया है तो तो नहीं तक के लिए अच्छा चल रहे हैं पढ़ने और ये मेरी बुआ भाभी और ये मम्मी और ये चाय हमेशा की तरह मम्मी का ढाबा खुला हुआ है आप जब आ सकते हैं आ जाइए आपका स्वागत है <laughs> <laughs> ये देखिए सीक्रेट बात ये सिक्रेट बात चलो पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स ये यूनिट है कौन सा यूनिट पढ़ना पेंसिल उठा के, के लेके। तो इतना से इतना तक पढ़ना है कितना किस यूनिट पे हो यूनिट पे यूनिट ये से पूरा खत्म यहाँ से यहाँ तक का है यूनिट वन से पूरा ख़त्म करना है ये हमें क्या क्या पढ़ना है ये इतना पढ़ना है फिर इतना पढ़ना है फिर इतना पढ़ना है मतलब पढ़ते रहना है बस ये यहाँ मैं गई थी ये हल्का ट्वेल्थ था जो जो गया है प्लीज बताओ ये हल्का ट्वेल्थ था ये देखिए ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे ये देखिए क्लास सिक्स से ही आपको डीलिंग विथ स्ट्रेस सिखाया जाता है सोशल स्किल सिखाया जाता है और इंक्रीज योर मेमोरी सिखाया जाता है बट बड़े होते होते भी इन सब में से बहुत सी चीज़ें हम नहीं सीख पाते हैं और सबसे मेन है डीलिंग विथ स्ट्रेस नहीं सीख पाते हैं इसलिए आजकल के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और इंसान डिप्रेशन में जा रहा है तो भाई ये छोटे बच्चों की चीज़ है कभी कभी छोटों के बुक में भी बहुत बड़ी बातें मिल जाती हैं तो सब लोग ध्यान दो और ये आवाज़ जो आपको सुनने में आ रही है वो इधर भैया की है ये आप देख सकते हैं इनकी है बहुत तेज़ बोलते हैं भैया मेरे बढ़िया पेंसिल बनाया है हिमालय में रिसाइकल्ड पेंसिल है ये निचर को साफ स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए और ये हमारे निमित्त यूज़ करते हैं निमित्त ये कहाँ से लाए थे नानी के घर नानी घर से लाए थे तो चार मेरे लिए भी ले आते हैं और ये ये जो गंदा है वो डस्टबिन में जाकर फेंकना तो गाइज में दिन ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी और मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी तो गुड नाइट अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा बाय बाय